तो मेरे जिगर के छल मैं तुम्हारा भाई जा रहा है जोन में अरे भाई ये किसने फोड़ दी अब गाड़ी तो बड़ी मुश्किल से मिली थी ढूंढ़ ढूंढ के पीक पे से लेकर आया था बताओ इस बंदे ने फोड़ दी इसकी बहन को ना मैं इसका सर से सारा 200 ग्राम तेल निकाल देंगे गाय से हम लोग इसमें पहले हमारी छाती को पोखला कर दिया है पहले एक मेडिकट लगा लेते हैं फटाफट ऊपर आ जल्दी लगा लेते थोड़ा बस ये बड़ा सामने आ जाए इसके सर से सारा तेल निकाल देंगे अरे भाई बर्फ गोला मारती है भागो यहाँ से फटाफट जल्दी से तो पाँव मीटर लगा लेते हैं गाय से हमारा राम राम सत्य ही कर देगा जल्दी निकलते हैं जोन में गाइस ये बंदा मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा वजह से इसी गर्लफ्रेंड मेरे साथ भाग गई हो अरे भाई मैं कह रहा था तो कि गलत मेरे साथ नहीं भागी है मार लेते हैं गाय अब्जु को और इसको हैड मोन नहीं मार देता करना पड़ेगा और ये अगर अचानक चाहते कि जोन में पहुँच पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले